प्रश्न एक अफगानिस्तान देश की राजधानी है ए आर्मेनिया बी अजरबैजान सी इंडोनेशिया डी काबुल आपका सही जवाब है डी काबुल प्रश्न दो रा की राजधानी क्या है ए तेहरान बी अस्ताना सी जेरुसलम, डी बगदाद आपका सही जवाब है डी बगदाद प्रश्न तीन हथेली पर सरसों जमाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है ए असंभव काम करने की कोशिश करना बी असंभव काम कर दिखाना सी संभव काम ना कर दिखाना डी संभव काम कर दिखाना आपका सही जवाब है बी असंभव काम कर दिखाना प्रश्न चार दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है ए अटल बिहारी वाजपेयी बी एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम सी रामनाथ कोविंद स्टेडियम डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका सही जवाब है डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम प्रश्न पांच री के प्रतीक चिन्ह लोगों में कौन सा पेड़ है ए नीम नीम का पेड़ बी पीपल फीकस का पेड़ सी ताड़, का पेड़ डी आम मैंगो का पेड़ आपका सही जवाब है सी ताड़ पाम का पेड़